तो वेलकम बैकना चाहना चलिए फटाफट से फटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके का एक बेहतरीन प्रोफेशनल वीडियो शूट करके एडिटिंग करके एक अच्छे किस तो तरीके से वीडियो बनाया जा सके रेल तो वेलकम बैकना चाहना चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के दिन आप लोगों को यूट्यूब पर किस तरीके का एक बेहतरीन वीडियो बनाकर और किस तरीके से आपका जो वीडियो है उसको वायरल किया जाता है और साथ ही साथ आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन आपको व्यू नहीं आता है सब्सक्राइबर नहीं आता है गेम नहीं होता है और उस वीडियो में कुछ भी नहीं आता है वाच टेंग सब्सक्राइबर तो आप कैसे में उस वीडियो को वायरल या रेंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग को मैं यूट्यूब से कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका यूट्यूब वीडियो बढ़ा सकते हैं इससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी देंगे तो चलिए लेटेस्ट लेट स्टार्टीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले आप लोग बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर एकदम बहुत ही फास्ट ग्रो नहीं कर सकते उसके लिए मेहनत आवश्यक है मेहनत करें आगे बढ़ें जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक YouTube पर आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोगों को तो साल भर से दो साल का मेहनत होता है YouTube पर तब जाकर आपका एक चैनल बेस बनता है और अच्छा खासा व्यू सब्सक्राइबर आता है तो आप जब भी YouTube पर चैनल बनाते हैं या चैनल बना चुके हैं तो आप कम से कम महीना से दो महीना तक आप अच्छे से अच्छा वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करें साल भर तक अच्छे वीडियो अपलोड करें साल भर तक अच्छे काम करें उसके बाद आप देखिएगा आपका चैनल बूस्ट होगा रफ्तार के सामने भागेगा आपका सब्सक्राइबर ही गेन होगा बढ़ेगा और अच्छे कंटेंट वीडियो ही बनाएँ जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों ने मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हैं उन लोगों के लिए धन्यवाद और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन लोग बेल घंटे को भी दबा कर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल घंटे को भी दबा दें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग यूट्यूब तो पर अच्छे कंटेंट वीडियो डालें और अच्छे वीडियो डालने से यह बेनिफिट होगा कि आपका जो ऑडियंस होगा वह आपके वीडियो को देख कर, आपको पसंद करेगा तो आपको सब्सक्राइब करेगा बेल घंटे को भी दबा देगा लाइक करेगा और अच्छा एक चैनल का बेस्ट बनेगा अच्छे वीडियो बनाएँ अच्छे वीडियो बनाने के साथ आप नॉलेज नॉलेजेबल जानकारी रिलेटेड ही वीडियो बनाएं जो कि आपके ऑडियंस को पसंद आए तो उसी तरीके से वीडियो बनाइए तब जाकर आपका YouTube चैनल ग्रो होगा वास्ट टाइम आएगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो इसी तरीके से वीडियो बना सकते हैं सबसे पहले या टिप और ट्रिक है कि आप अच्छा से वीडियो बनाए ऑडियंस को क्लिक करने की इस तरीके का वीडियो बनाएँ कि आपका वीडियो देखने के लिए ऑडियंस क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए उसी तरीके वीडियो बनाएँ तो इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ही अपलोड करें और साथ ही साथ आप लोग कुछ महीने तक वीडियो अपलोड करना छोड़ दें फिर बाद में महीना दो महीना बाद फिर अपलोड करें क्योंकि तो आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपका व्यू सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पाता है तो के लिए आप वीडियो बनाना छोड़ दें उसे वीडियो बनाएँ जिससे एकदम आपको यूट्यूब पर बूस्टर मिलेगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा मैंने ये ऐसा किया था मैंने दो हफ्ते तक वीडियो अपलोड करना ही छोड़ दिया था उसके बाद फिर से वीडियो अपलोड किया तो मेरे को हज़ारों लाखों में व्यू आने लगा सब्सक्राइबर बनने लगा जिससे एक ऐसा एक देश बढ़िया चैनल बन चुका है उसी तरीके से आप लोग भी अच्छे देश चैनल बना सकते हैं तो ऐसा करता हूँ वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें चलिए इस वीडियो को पर एंड करते हैं और भी अच्छे अच्छे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करें चलिए इस एंड करते हैं इस वीडियो का दूसरा भाग नेक्स्ट बहुत जल्द आने वाला है तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं जिसमें और जानकारी दूँगा यूट्यूब से रिलेटेड चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं धन्यवाद